हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी चले फ्रेंड्स मैं आज आपको सिखाऊंगा कि आप गूगल ड्राइव में फ़ोटो किस तरह से अपलोड कर सकते हो और वीडियो भी किस तरह से अपलोड कर सकते हो वो भी एकदम सिंपल और आसान तरीके से देखें फ्रेंड्स वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको गूगल ड्राइव के बारे में कुछ बेसिक जानकारी देता हूँ देखें फ्रेंड्स गूगल ड्राइव जो रहता है वो हम हमारे जी मेल से कनेक्ट रहता है जो भी हम फोटो हमारे गूगल ड्राइव में रखते हैं और सभी फ़ोटो हमारे जी आईडी में सेव रहते हैं जो कि हम जब तक गूगल ड्राइव में नहीं जाते और हमारा जो जी आईडी वो हम वहाँ पर नहीं डालते तब तक हमारे फोटो जो है गूगल ड्राइव में हमें दिखाई नहीं देंगे या हम अपलोड नहीं कर सकते तो सबसे पहले आपको जो भी आपके मोबाइल का जी मेल है वो आपके गूगल ड्राइव को सेट कर देना है सेट करने के बाद आप तभी आप फ़ोटो अपलोड कर सकते हो और इसकी और एक वजह जो कि आप इस फोटो को कभी भी और कौन से भी मोबाइल में देख सकते हो सिर्फ़ आपका जी मेल और आपका पासवर्ड आपको याद होना चाहिए तो आप कौन से भी मोबाइल में या कौन से भी डिवाइस में आपकी जो भी फ़ोटो है वो आप जब चाहे तब आप यूज़ कर सकते हो वो भी एकदम क्लियर और अच्छी क्वालिटी के साथ तो चलिए फ्रेंड्स मैं अभी आप आपको सिखाता हूँ कि आप गूगल ड्राइव में फ़ोटो वीडियो और डॉक्यूमेंट्स आपकी जो भी और कुछ है आप किस तरह से यहाँ पर अपलोड कर सकते हो देखें फ्रेंड्स आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं वीडियो देखें फ्रेंड्स सबसे पहले आपको आपके मोबाइल में गूगल ड्राइव ओपन करना है देखें फ्रेंड्स गूगल ड्राइव का लोगो कुछ इस तरह से होता है देखिए यहाँ पर ड्राइव लिखा हुआ है हम इसे ओपन करेंगे देखें फ्रेंड्स आप यहाँ पर रख सकते हैं जब भी कोई अनून व्यक्ति आपके मोबाइल में आ जाएगा आपको गूगल ड्राइव चेक करेगा तो सबसे पहले आपका जो पासवर्ड है सेफ्टी पासवर्ड उसको यहाँ पर डालना पड़ेगा वो पासवर्ड की सेटिंग आपकी मोबाइल में ही होती है ऐप लॉक करके आप बस आपको उसे यूज़ करना आना चाहिए या आपको वो सेटिंग जाननी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं हम आपके लिए एक और नया वीडियो लेके आएंगे चले फ्रेंड हम गूगल ड्राइव के बारे में जानते हैं मैं यहाँ पर मेरा पासवर्ड डालता हूँ देखिए फ्रेंड्स पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर मेरे सामने कुछ इस तरह से पेज आएगा ऊपर कपड़े में दिख रहा है मेरा लोगों वहाँ पर आपकी जीमेल आईडी दिखाई देगी यहाँ पर मेरी जो चैनल की जीमेल आईडी है वो वहाँ पर दिखा रही जीटी जी स्पेशियल उस आपकी भी वो इस तरह से लोगों दिखाई देगा देखिए फ्रेंड्स आपको फोटो हो या वीडियो हो जो भी अपलोड करना है आप यहाँ पर, पर कर सकते हैं देखिए मैंने दो फोटो अपलोड करके रखे यहाँ पर आप थ्री डॉट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ऐप्स के बारे में जानकारी दिखाई देगी यहाँ पर देखिए रिसेंट यानी कि आपने जब अभी अभी जो फोटो अपलोड किए हैं वो आपको यहाँ पर रिसेंट में दिखाई देगी नीचे देखिए ऑफलाइन जब भी आप ऑफलाइन जाते हो तो ऑफ़लाइन में आपके फोटो रखे तो आप यहाँ पर देख सकते हो देखिए यहाँ पर ट्रस्ट है आपने जो भी फोटो यहाँ से डिलीट किए हुए वो आपके यहाँ पर ट्रस्ट में जाके रखते हैं वो पर तीस दिन के लिए फोटो आपके ट्रस्ट में रुकते हैं देखिए हम ट्रस्ट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए थर्टी डे ऊपर लिखा है देखिए फ्रेंड्स अब जब भी कोई फोटो आपको गलती से डिलीट हो जाता है तो आप उसे तीस दिन के अंदर फिर वापस ला सकते हो ट्रस्ट में जाके देखिए नीचे बैकअप भी है देखिए फ्रेंड्स जब भी आपका कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपका डिलीट हो जाता है और 30 दिन के बाद आपको याद आता है कि ये डॉक्यूमेंट्स मेरा डिलीट हुआ है और मुझे आप वो चाहिए तो आप ट्रस्ट में तो जाके नहीं देख सकते क्योंकि वो 30 दिन के लिए ही अवेलेबल रहता है तो आपको क्या करना पड़ता है बैकअप्स में जाके आपको बैकअप्स करना पड़ता है तो बैकअप्स में वो आ जाता है जितने जितने आपने डिलीट किए हैं वो सभी यहाँ पर आ जाते हैं फ्रेंड उसके नीचे सेटिंग हम सेटिंग पर जाएंगे तो हमारे ऐप्स में आप के बारे में यहाँ पर हमें जानकारी दिखाएगा फिलहाल तो हमें उसकी अभी ज़रूरत नहीं है देखिए यहाँ पर हमको हेल्प चाहिए तो हम यहाँ पर हेल्प भी डाल सकते हैं आपको कोई फीडबैक छोड़ना है उनके लिए तो आप यहाँ से फीडबैक भी भेज सकते हैं नीचे देखिए स्टोरेज लिखा है हम पंद्रह जी तक यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपको अभी फ़ोटो अपलोड करना सिखाऊँगा कि आप किस तरह से गूगल ड्राइव में फ़ोटो अपलोड करते हो देखिए फ्रेंड्स नीचे प्लस वाला आईकन है आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से नीचे कुछ ऑप्शन आ जाएंगे यहाँ पर देखिए फर्स्ट में फोल्डर है आप फोल्डर वाइज भी फोटो रख सकते हैं देखिए आप आपके बचपन के फोटो तो आप बचपन की फोटो का फोल्डर कीजिए या आपकी कोई शो का फोल्डर है तो आप शो का नाम डालिए या किसी वीडियो का फोल्डर है तो वीडियो का नाम डालिए आप फोल्डर वाइज भी यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं बीच में देखिए अपलोड है आप अपलोड पर क्लिक करके सीधा गैलरी में जो अपलोड करना है वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं यहाँ पर देखिए तीसरा स्कैन स्कैन पर जाके आप कोई भी डॉक्यूमेंट स्कैन करके यहाँ पर रख सकते हो नीचे देखिए गूगल के कुछ तीन ऑप्शन है वो तो मैं ज्यादा करके यूज नहीं करता पर आपको यूज करना हो तो आप इसे भी यूज करते हैं फर्स्ट है गूगल डॉक्यूमेंट्स दूसरा है गूगल सीट्स और तीसरा है गूगल स्लाइड्स आप उसे ही यूज करना चाहते हो तो कर सकते हैं मैं तो फिलहाल यूज नहीं करता तो चले फ्रेंड्स एक फोटो अपलोड करके देखते कि आप किस तरह से गूगल ड्राइव में फोटो अपलोड कर सकते हो देखिये सबसे पहले आपको बीच में जो आइकन है अपलोड डाला बस उस पर क्लिक करना है उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ गैलरी इस तरह से ओपन हो जाएगी देखिये मैं एक फोटो लेता हूँ यहाँ से देखिए मेरे मैंने एक फ़ोटो ले ला एक्ट्रेस का बस यहाँ पर देखिए वो फोटो यहाँ पर वेटिंग फॉर डाउनलोड पर आ गया है हम उस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो फ़ोटो है वो अभी डाउनलोड होना चालू हो गया है देखिए फ्रेंड्स हमने जो अभी फ़ोटो अपलोड किया था वो तो हमारे गूगल ड्राइव में एकदम सेफ तरीके से अपलोड हो गया है हम इसे अभी ओपन करके देखते हैं देखिए हम उस पर क्लिक करेंगे तो हमारा फोटो जो है इस तरह से ओपन हो जाएगा देखिए फ्रेंड्स मैंने अभी आपको फोटो अपलोड करना सीखा दिया इसी तरह से यही प्रोसेस आप यूज़ करके वीडियो या डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं देखिए फ्रेंड्स एकदम आसान और सिंपल तरीके से आप Google Drive को यूज़ कर सकते हो ऊपर देखिए आपका जो भी जी मेल है किसी डायरी में लिख करके सेव करके रखिए जब भी आपको फ़ोटो चाहिए होगी किसी भी मोबाइल में या किसी भी जगह पर तब आप उसे एकदम आसानी से और सिंपल तरीके से वहाँ पर देख सकते हो तो चलिए फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगाओ और आपको और भी किसी चीज़ की जानकारी चाहिए हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से नीचे दिए गए बटन को दबाएं और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप हमारे चैनल पर नए हो तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथ में बेलाइकन को भी दबाएँ ताकि हमारी नई और लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे धन्यवाद फ्रेंड्स